बंदा आगे। आगे। आगे। आगे। तो क्या? बंदा क्या क्या? हो? है लोड़ी है? है है ये लोड़ी नहीं नहीं? आने की। वो तो ही तो तो तो तो बॉट बॉट बॉट मार रहा मेरे तो तो लिए के लिए, मैं तो, लिए। मैं तो, मैं तो, मैं तो के के मैं मैं मैं मीटर दूर भी जाऊं। भाई पर पता चलता है कि वो बंदे निकलते हैं। ओए कोई की ओप हां अरे ये यहां पे ये क्या था ये क्या पैन मार दिया ये ये देख ये देख गाइस ये ये कौन सा पता है, है। वाँ। वाँ। वाँ वाँ। अभी जिसको मारा गेस करो आप चैट में अब वाओ वाओ अरे वाओ अब मेरा अभी क्या बने बोल वाच आउट आओ अभी ये क्या क्या मेरे मेरे के अंदर घुस गया उठाएगा मेरे को लेके घूमेगा <laughs> छोड़ छोड़ दे दे भाई आपका मेरे नेग में घुस गया था क्या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 चा, चा, चा। आ गया। वो तो गाड़ी इधर ही ही इधर डिग में ख